कल के रिजल्ट आए और बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा के जुड़े बच्चों ने यू के अंदर कमाल कर कर दिखाया आठ दस से मेरी भी बात हुई और उनने अपना कोविड के दौरान पढ़ाई का और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसे उनका मनोबल बना रहा वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया मैं तो उन तमाम बच्चों को बधाई देता हूँ जिसने इस एग्ज़ाम को क्लिक भी किया और साथ के साथ उनको भी कहना चाहूँगा जो रह गए कि मौके ख़त्म नहीं हुए अभी भी आपकी जीवन के अंदर और ऐसे सुनहरे मौके आएंगे क्योंकि लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को देने का काम किया था और उसके अंदर सैकड़ों का सिलेक्शन हुआ और खुशी की बात है कि जिस मात्रा में पहले हम देखते थे और प्रदेशों के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लिक करते थे इस बार हरियाणा के बच्चों ने दोबारा देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ लड़कियों ने एक रिकॉर्ड बनाने का, का काम किया मैं तो तमाम उन बच्चों को बधाई देता हूं क्योंकि हमारे लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जहां स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जिनका एक प्रयास रहता था कि गांव के बच्चों को भी वो शिक्षा का स्तर मिले उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जाकर शहर के बच्चों से कंप्लीट करें और इस बार के रिजल्ट ये शोकेस करते हैं अभी मेरी एक रैंक में हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं राजकुमार उनके बेटे से बात हुई ब्राह्मण गांव के रहने वाले और जिस तरीके से उस युवा साथी का हौसला था ये अपने आप में दर्शाता है कि अब गांव का बच्चा भी पूरी तौर पर शहर के युवाओं के साथ कंपीट भी कर रहे हैं और कम्पीट में उस कंपीटिंग के साथ साथ अचीव कर कर दिखा रहा है कि आज जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो उसी प्रगति पर चल रहा है जैसे हमारा शहरी क्षेत्र पहले चल चौधरी, चौधरी देवीलाल जी की आज एक सौ आठवीं जयंती है और इस उपलक्ष में जन नायक जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल जी का सबसे ऊंचा स्टैचू नू के हिलालपुर गाँव में लगाने का जो निर्णय था क्योंकि नौ जिले में चौधरी देवीलाल जी का कोई स्टैच्यू नहीं था और साथ ही साथ हमें ये मौका मिला कि जो हमारा डीएनडी से शुरू होता हुआ मुंबई तक दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे उसके ऊपर नॉर्थ टू तो साउथ को जोड़ने वाली सड़क पे सबसे ऊंची प्रतिमा चौधरी देवीलाल जी की लगेगी और मैं तो कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उनका जीवन रहा है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ऐसे कदम उठाए जिसने सोसाइटी को एकजुट करने का काम किया और एकजुट करकर ऐसे डाइवर्सिफाइड स्टेप्स उठाए जो शायद किसी ने अपने जीवन में कभी इमेजिन नहीं किए थे चाहे वो सोशल इक्वालिटी के लिए बुज़ुर्गों के सम्मान की बात हो विधवा की पेंशन की बात हो आज के दिन कोई हमारा हैंडी कैप्ट इम्पेय साथी है उसके सम्मान की बात हो और, तो और आज हम मनरेगा की बात करते हैं वो भी एक स्वरूप काम के बदले अनाज के तौर पर सबसे पहले अगर देश में दिया तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने की और मैटरनिटी तो और लीव जो दुनिया भर के अंदर आज अडॉप्ट करी जा रही है उसको भी अगर एक मूल स्वरूप किसी ने देने का काम किया तो बच्चा बच्चा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया और मैं तो मानता हूँ कि जो उनने सोसाइटी में डाइवर्सिफाई कर इक्वालिटी लाने का काम किया आज उनको जननायक जनता पार्टी की ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से उनकी एक प्रतिमूर्ति कैसा संदेश देने का काम करेगी कि नॉर्थ से साउथ जोड़ने वाले हमारे मेजर हाईवे को कनेक्ट करते हुए हर आने जाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनकी याद भी दिलाती रहेगी और वो दिखाएगी कि सोशल डाइवर्सिफिकेशन कैसे इक्वालिटी के तौर पर लाकर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने करकर दिखाया था हमें उनसे सीखना भी चाहिए और आने वाले दिनों के अंदर उसको अपने जीवन में लेकर जाना जिस तरीके से पिछले एक वर्ष में एमएसपी बढ़ी आज फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट में भी एक बहुत बड़ा कदम है और हम प्रिक्योरमेंट डाटा को कंपेयर कर रहे थे और प्रिक्योरमेंट डाटा को कंपेयर करते हुए ये सामने आया कि पिछले एक वर्ष की और इस एक वर्ष की प्रिक्योरमेंट प्रिक्योरमेंट के अंदर जो हमारे इजाफा हुआ है एमएसपी बढ़ने से उसे हरियाणा के किसान के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपये एडिशनल हमारी सरकार ने पहुँचाने का काम किया और मैं तो ये अचीवमेंट मानता हूँ कि आज से डेढ़ साल पहले बीट की पहली क्रॉप में हमने डीबीटी शुरू किया था बहुत रजिस्टेंस आई थी मगर उस हरियाणा प्रदेश के किसान विदेशी कदम को आज हम अडॉप्ट करते हैं तो केवल मात्र हरियाणा ही नहीं जो लोग विरोध करते थे उनने भी उसको अडॉप्ट किया और पैडी पैडी के अंदर पंजाब और अन्य प्रदेश जहाँ पैडी की एफसीए द्वारा प्रिक्योरमेंट करी गई वीट की जहाँ प्रिक्योरमेंट करी गई प्रति प्रदेश में किसान के खाते में पैसा पहुँचा कहीं ना कहीं किसान को भी प्रगति के पथ पर हमलेजे जाने का काम आने वाले दिनों में एक तारीख से क्योंकि डिलेड मॉनसून है जो हमारी प्रिक्योरमेंट शुरू होगी उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा एक एक क्रॉप को एमएसपी पे सरकार ले और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुंचाने का काम करें इसी सोच के साथ हम स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी को पूरी तौर पर नमन भी करते हैं और ये विश्वास भी रखते हैं कि उनकी जो सोच उनका जो विजन था एक एक व्यक्ति इसी तरह उसको अडॉप्ट करता रहे और आज नुह से उसको और प्रोग्रेसिव तरीके से उनको याद करते हुए आगे ले जाने का काम